आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दो तरह की चाट वाली चटनी एक है हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी और दूसरी है धनिया पुदीना की चटनी ये दोनों चटनी बहुत ही बेसिक चटनी है जो दही पापड़ी चाट या दही भल्ले किसी भी तरह की चाट में आप लोग यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी जिसके लिए गैस पर लूँगी एक पैन इसमें ऐड करूँगी डेढ़ कप पानी पानी में उबाल आ जाए तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इमली इमली यहाँ पर मैंने बिना बीज वाली ली है लगभग 50 ग्राम दो से तीन मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मैं इसमें बॉईल आने दूँगी यहाँ पर इमली अच्छे से सॉफ्ट हो गई है गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसे मैं ठंडा होने को छोड़ दूँगी यहाँ पर ये इमली ठंडी हो गई है और अब मैं इसे इस पानी के साथ मिक्सचर जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट रेडी कर लूँगी यहाँ पर इमली का पेस्ट बनकर रेडी है अब मैं इसे स्ट्रेनर की हेल्प से छान लूंगी ये देखिए यहाँ पर इमली का पल्प पल अलग हो गया है अब इसमें ऐड करूंगी सारे मसाले यहाँ पर मैं लूँगी एक छोटा चम्मच नमक एक छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है तीन चौथाई छोटी चम्मच लूँगी जीरा पाउडर तीन चौथाई छोटी चम्मच लूँगी सॉल्ट पाउडर आधा छोटी चम्मच लूँगी काला नमक अच्छे से मसालों को यहाँ पर मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि यहाँ पर मसालों से कोई भी लम्स ना बने अब गैस पर लूँगी एक पैन इसमें ऐड करूँगी आधी छोटी चम्मच ऑयल ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पर ऐड करेंगे एक चौथाई छोटी चम्मच जीरा और एक चौथाई छोटी चम्मच हिंग जैसे ही ये चटकने लगेंगे अब इसमें ऐड करूँगी एक कप पानी और साथ ही साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे 50 ग्राम गुड़ आप लोग चाहे तो यहाँ पर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं अब मैं इस गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने दूँगी गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इमली का पल्प जिसमें हमने मसालों को अच्छे से मिक्स करके लिया है अच्छे से इसमें लगभग दो मिनट तक मैं यहाँ पर बॉयल आने दूंगी लगभग दो मिनट हो गए हैं और ये देखिए ये चटनी यहाँ पर अच्छे से थिक हो गई है अब इसमें ऐड करूँगी दो छोटे चम्मच खरबूजे के बीज अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी चटनी बनकर रेडी है चटनी की कंसिस्टेंसी आप लोग अपने हिसाब से रखें ठंडा होने के बाद ये थोड़ी और थिक होगी अब चलते हैं हम लोग हरी चटनी बनाने के प्रोसेस में जिसके लिए यहाँ पर एक मिक्सचर जार में मैं लूँगी एक कप धनिया पत्ती आधा कप लूँगी पुरीना के पत्ते दो हरी मिर्चें चार छोटे छोटे यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं आधा इंच यहाँ पर अदरक को काट कर लिया है आधा छोटे चम्मच नमक एक चौथाई छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटे चम्मच जीरा पाउडर एक चौथाई कप यहाँ पर दही ऐड करूँगी और बस अब इसे मिक्सचर जार को बंद कर कर मैं इसका पेस्ट रेडी कर लूँगी आप लोग यहाँ पर मसाले अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ये हमारी चटनी बनकर रेडी है तो देखा आप लोगों ने दोनों ही चटनी बहुत ही आसान है बनाने में हर तरह की चाट में आप लोग इन दोनों चटनी को यूज़ कर सकते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक के बटन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले थैंक यू